हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंकुर वर्मा आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल AK के पर जैसा कि आपने तमनेल में देख लिया होगा कि जो फ़्लिपकार्ट से जो भी सामान ऑर्डर करते हैं उसको कैंसिल कैसे करते हैं तो चलो चलते हैं पहले आपके मोबाइल में जो ऐप है फ्लिपकार्ट का उसको ओपन करेंगे सबसे पहले उसके उसके बाद ये हो गया इसको सबसे पहले ओपन करेंगे उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे जो अकाउंट जहाँ पे लिखा अकाउंट वहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करके आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा फिर उसके बाद आपको जाना है ऑर्डर पे ऑर्डर पे जाने के बाद फिर आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा तो इसको मैंने कल किया था कल की डेट में और मैंने इसको फिर उसी दिन कैंसिल कर दिया था तो कैंसिल करने का प्रोसेस क्या है इस, इस पर ओपन करोगे और ये जो आपने सामान अभी तक मांगा उसकी हिस्ट्री आ जाएगी यहाँ पे आपकी इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुल कर आएगा तो यहाँ पे नीड हेल्प लिखा है नीड हेल्प ये राइट सैंड right में नीड हेल्प लिखा होता है कैंसिल करने के पहले और लेफ्ट हैंड में लिखा होता है कैंसिल तो आपको कैंसिल पर क्लिक करना है जैसे आप कैंसिल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा रीज़न क्या है आपको कैंसिल किस लिए करना है मतलब क्या है दिक्कत हो गई तो ये सब आपको उसमें लिखना पड़ेगा और उसके बाद आपको सबमिट कर देना पड़ेगा बस आपका आर्डर जो कैंसिल हो जाएगा और अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो 24 घंटे के अंदर या 48 आवर के अंदर आपके पैसे वापस आ जाएंगे अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी की है तो, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है तो सो so यू अगर मेरा ये वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए जय हिंद